कोरबा में किंग कोबरा जंगल से भटककर मदनपुर गांव में घुस गया जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन अधिकारी और सर्व मित्र को दी जिनके सहयोग से किंग कोबरा को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया कोरबा वन मंडल के कई क्षेत्रों को किंग कोबरा के अनुकूल रहवासी क्षेत्र माना जाता है मदनपुर के गांव में एक कोबरा घुस गया जिसकी सूचना वन अधिकारियों को दी गई सूचना मिलने पर कोबरा को सुरक्षित जगह में छोड़ने के लिए रेस्क्यू चलाया गया बारह फीट लंबा सांप पूरी तरह स्वस्थ था आपको बता दें इस क्षेत्र में कई बार जंगल से कोबरा गांव तक पहुंच जाते हैं आप देख रहे हैं दखल न्यूज